सिंगरौली में भाजपा जिला अध्यक्ष के निर्देश पर प्रत्येक मंडल में बूथ स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने, ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया भारतीय जनसंघ और अभी की भाजपा की नींव रखने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गयी इस मौके पर सिंगरौली में भाजपा ने कार्यक्रम आयोजित किया जिसमे प्रत्येक मंडल में बूथ स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुण्यतिथि मनाई गई सिंगरौली विधायक रामलल्लू लंदु ने अपने कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में एल चौक पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राम सुवरण गुप्ता सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज